हाय जी डी दमदार स्वागत तो दोस्तों आज हम बताएंगे यूट्यूब की अपकमिंग बारे में तो दोस्तों आपको प्रीमियर बारे में पता है तो वीडियो को भी छोड़ के जा सकते हो तो दोस्तों आप एक यूट्यूबर हो तो आपका परिवार भी होगा कोई पर्सनल काम भी होगा या कोई घूमने के लिए जाना होगा क्या लॉन्ग टूर या रिश्तेदार भी जाना होगा तो दोस्तों इसलिए हम वीडियो को ऑफकमिंग करते हैं तो दोस्तों वीडियो सही टाइम से ऑडियंस के पास पहुंचाने के लिए हम हम वीडियो को अपकमिंग करना चाहिए तो दोस्तों चलते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि दोस्तों मैं जब पहला वीडियो डालूंगा आपके पास जाएगा सबसे पहले प्लस पर क्लिक कर लेना उसके बाद अपलोड वीडियो पर क्लिक कर लेना उसके बाद वीडियो पर क्लिक कर लेना उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना उसके बाद थमलैन लगा लेना उसके बाद टाइटल लिख लेना उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख लेना मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, टाइटल को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर पेस्ट करने की बात यहां पर बैक आ जाना है उसके बाद देखिए यहां पर देखिए दोस्तों लोकेशन डाल लेना तो डाल लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए मैं डाल लेता हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए प्लेलिस्ट यहां पर प्लेलिस्ट पर हम डाल लेते हैं उसके बाद डॉन कर लेते हैं उसके बाद अपलोड कर लेते हैं यहां देखिए दोस्तों हमारा वीडियो अपलोड हो जाने के बाद यहां पर शेड्यूल पर हम क्लिक कर लेंगे वो आई स्टूडियो पर ओपन करके यहां पर देखिए दोस्तों हम डेट फिक्स कर लेंगे उसके बाद ओके कर लेंगे यहाँ पर टाइम फिक्स कर लीजिए ओके कर लीजिए उसके बाद दोस्तों सेव कर लीजिए यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा प्रीमियर सेट हो गया तो दोस्तों आप भी इस तरह से वीडियो को प्रीमियर कर सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर